नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है रायिट न्यूज़ में तो हमारी एम की डेट आ चुकी है डेट है 20 सितंबर आपको एडमिट कार्ड मिल सकता है एडमिट कार्ड मिलने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा वहाँ पर आपको एस, कुछ ऐसे तरह का इंटरफेस दिखेगा यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी और लॉग करना है आपको एडमिट कार्ड मिलेगा और ये देखें ऑफिशियल नोटिस है मैं कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा ऑफिशियल नोटिस आपको दूंगा इस चैनल पर आपको सभी अपडेट ऑफिशियल मिलेंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ये देखिए यहाँ पर एक अपडेट है ऑल एम ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर है इसमें से हमारा सेवन नंबर पर है मैंने किया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बी ए टेक। इसका सी होने वाला है ट्वेंटी 20 सेप्टेम्बर ट्वेंटी टू वन अक्टूबर ट्वेंटी ऑफिशियल तो नोटिस आ चुके है यहाँ डेट देख सकते हैं आप जीरो सेवन यानी सात तारीख को आ चुके है ऑफिशियल नोटिस तो पढ़ाई चालू करो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल बेलाइकॉन